ना देख पाना इससे खराब क्या होगा सोचो मतलब हम किसी कमरे में बैठे हो और एकदम से लाइट चली जाए और अंधेरा हो जाता है कुछ देर के लिए तो कैसा फील होता है? लेकिन वो कह रही है इससे भी बुरा क्या हो सकता है इस अंधेरे से भी जो और ज्यादा डार्क है वो है आपके पास आंखें तो हैं लेकिन कोई विजन नहीं आंखें आपको सिर्फ वो दिखा सकती है जो है लेकिन जो हो सकता है वो आंखें नहीं दिखा सकती उसको हमें अपने अंदर पहले देखना पड़ता है फिर वो बाहर पॉसिबल हो पाता है अगर हम खुद को सिर्फ उतना ही देखते हैं आंखों से क्या होता है हम देख सकते हैं क्या देखेंगे शीशे में हमको क्या दिखेगा हमको एक बॉडी दिखेगी अरे तो बॉडी तो जानवरों की भी है बॉडी तो सबकी है ऐसा क्या खास है आप में ऐसा क्या है आप में जो आप कर सकते हो जो इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता अगर उसको आप डिस्कवर कर सकते हो और उसके बारे में सोच सकते हो और उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स उठा सकते हो इसको विजन बोलते हो रियालिटी क्या है कि 99% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में दो वू आर नॉट डूइंग व्हाट दे लव डू। ये सच ए जूट है बस करना पड़ रहा है तो ये तो बहुत ही घटिया लाइफ हो गई बिल्कुल जैसी हमारे स्कूल टाइम में थी जाने का मन नहीं है जाना पड़ रहा है ये बहुत लोगों की कहानी इस दुनिया में 99% नाइन लोगों की कहानी क्यों है ये कहानी? चाहे तो बदली जा सकती है ये कहानी। इतना आसान है फिर भी हम बदल क्यों नहीं पाते क्योंकि तो हम कभी ट्राई ही नहीं करते अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल है लेकिन आदत पड़ गई है तो आप उसको कंफर्ट जोन बोल मोर देन नाइन नाइन परसेंट ऑफ द केसेस भीड़ गलत डायरेक्शन में ही बढ़ रही होती तो अगर आप एक ऑर्डनरी लाइफ चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा बन सकते हो उसमें कोई बुराई नहीं लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना चाहते हो तो उसके लिए भीड़ से अलग चलना ही पड़ेगा देर इज नो अदर तो क्या कहा जा रहा है कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले एक और कोर्ट इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन लीडर एंड अ फॉलोअ देखो दो तरह के लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस में कुछ होते हैं जो मार्केट लीडर्स होते हैं उनको आप इनोवेटर्स भी बोल सकते हो यानी वो हमेशा एक स्टेप आगे होते हैं बाकी सब से वो कर रहे होते हैं और बाकी उनको कॉपी कर रहे तो इनोवेशन ही सबसे बड़ा फर्क है एक लीडर में और एक फॉलोअर किसी भी फील्ड में आप उठा करके देख लो यही दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो जो लीडर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते ही रहते हैं ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। लीडर्स ये देखते हैं कि क्या हो सकता है फ्यूचर कैसा होगा और जो फॉलोअर्स होते हैं जो हो चुका होता है बस उसी को रिपीट करते हैं उसको कॉपी करते हैं तो वो उनको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं कि जो कॉपी करता है जब तक वो कॉपी करता है मान लो उसको कॉपी करने में कुछ महीने लगे तब तक ये बंदा कुछ और नया ले आता है तो वो पुराना हो तो वो हमेशा एक स्टेप पीछे ही रहते ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक लीडर में और एक फॉलोअर में सही दिशा क्या है जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा हो सप्लाई बहुत ही कम हो तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी डिमांड ज्यादा सप्लाई कम यानी जरूरत है वो काम करने वाले लोगों की लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो अभी उसमें एक्सपर्ट है या अभी उसमें क्वालिफाइड है लाइफ में क्या क्या हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं आप क्या क्या कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं इसका मतलब क्या है कि बंद दरवाजे तो लिमिटेड है लेकिन जो खुले हुए दरवाजे हैं वो अनलिमिटेड है वो इन्फिनेट है।, है बस हमारी नजर वहां पर नहीं जाती क्योंकि क्यों हम बंद के बारे में ही सोचते रहते अपनी स्ट्रेंथ की तरफ देखो ना ये देखो ना कि आप क्या कर सकते हो ये नहीं कि क्या आप नहीं कर सकते ये मत देखो कि आपके पास में क्या नहीं है ये देखो कि क्या है और क्या हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लाइफ में अगर आप एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हो या फिर अनस्टॉपेबल होना चाहते हो इन द रियल सेंस नॉट थिरोटिकली बट एक्चुअली तो उसका सिर्फ एक तरीका है यू नीट टू बी लाइ इंपॉर्टेंट पानी की क्वालिटी क्या है पानी की क्या खास बात होती है कि सामने जो भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से एक्ट करता है। अगर रास्ता नहीं है है। तो रास्ता रास्ता बना लेता है। रास्ता छोटा है तो पानी छोटे से छोटा हो जाता है अगर मान लो रुकावट बड़ी है तो पानी फुल फोर्स के साथ आता है और किसी भी तरीके से उसको तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है तो पानी लाइफ में जो मुश्किलें हैं उससे लड़ने की ताकत एकदम से नहीं आती तो अगर आपको एक आसान जिंदगी मिल गई हो तो सकता है आपको यह भी लगे कि मेरे साथ में अच्छा हो रहा है लेकिन एक्चुअल में आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है बुरा हो रहा है क्योंकि अगर आपको थोड़ी थोड़ी मुश्किलें मिलती रहे लाइफ में तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप इस लेवल पर आ सकते हो कि बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी टकरा सकते तो क्या कहा जा रहा है कि अगर प्रे करना ही है भगवान से या जिसको भी आप मानते हो उससे करना ही है तो यह करो कि हे भगवान मुझे एक आसान जिंदगी मत दो क्योंकि जिंदगी तो आसान है ही नहीं मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं एक मुश्किल जिंदगी को भी एंड कर सकूं सह सकूं यानी मेरी सहन शक्ति को बढ़ाओ भगवान मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ मेरी पावर्स को बढ़ाओ मुझे ऐसा बनाओ कि मुझे जिस भी माहौल में डाल दिया जाए क्या वो माहौल कितना भी अनकंफर्टेबल लग रहा है मैं उसको सह सकू तो ये कहा जा कि जो रास्ता बंद हो गया है उधर मत देखते रहो जो रास्ते खुले हुए उधर देखो और आगे बढ़ो एक और कोट है क्या कमाल की स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू मतलब क्या कि एन में कुछ भी मैटर नहीं करता शमशान घाट में कोई मैटर नहीं करता है कि आप सबसे अमीर हो या सबसे गरीब हो इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा मैटर ही नहीं करता जैसे हवा पानी चाहिए तो जीने के लिए पैसा चाहिए तो पैसा मैटर करता है लेकिन एट एंड मैटर नहीं करता है। आप कह सकते हो वो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो अगली लाइन में कहा जा रहा आज मैंने कुछ नया सीखा आज मैंने कुछ नया किया है आज मैं पहले से बेटर हुआ आज मैंने ग्रो किया है सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी ग्रो किया यह मैटर करॉट प्रोसेस तो एक आदमी की होनी चाहिए तब वो कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में अचीव कर सकता है। आप कहोगे यार ये करने-कुरने की बातें ना करो है ऐसा ऐसी आती आती। अंदर से नहीं आती। तो उस का क्या तोड़ है? कुछ देर के लिए मेरी बंद करके इसे सुन ली उसमें जो बातें अच्छी लगी पेन पेपर ले लिया उसको नोट कर लिया फिर अपने आप से पूछा कि अब इसमें से दस बातें नहीं क्योंकि तो दस बातें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे कंफ्यूज हो जाओगे इस पूरी वीडियो में से एक ऐसी क्या बात है जिसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार सकता हूँ और आज ही उतार सकता हूँ तो आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाओगे, फिर आपको मजा आने लग जाएगा जैसे जैसे सीखोगे जैसे जैसे पे छोटी, छोटी सक्सेस मिलेगी फिर आपको मजा आने लग जाएगा फिर वहां से अपने आप ही एक लूप बन जाता है फिर मजा आता है फिर आप खुद एक स्टेप और आगे जाते हो उसी स्टेप पर बार बार रहोगे तो मजा आना बंद हो जाए फिर आप और बड़ी छलाक मारोगे फिर और बड़ी फिर और बड़ी